सोशल मीडिया पर आईएएस कपल सृष्टि जयंत देशमुख और नागार्जुन गौड़ काफी हिट हैं सृष्टि के पोस्ट पर लाखों में लाइक आते हैं दोनों की प्रेम कहानी भी अमेजिंग है सोशल मीडिया पर आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख हमेशा सुर्खियों में रहती है कई प्लेटफॉर्म उनके बारे में खबरों से भरी पड़ी है दोनों आईएएस अधिकारी हैं सृष्टि पहली बार में ही आईएएस बन गई थी पूरे देश में उनकी पांचवी रैंक थी अप्रैल 2022 में सृष्टि जयंत देशमुख ने आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा से शादी रचाई थी अपनी शादी में आईएएस नागार्जुन ने दोस्तों के साथ धमाकेदार डांस कर सभी को चौंका दिया था दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं इसकी वजह से इंस्टाग्राम पर सृष्टि देशमुख के दो मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। 2019 बैच की आईएएस अधिकारी सृष्टि जयंत देशमुख भोपाल की रहने वाली है शुरुआती पढ़ाई लिखाई भोपाल से ही हुई है उनका परिवार भोपाल के कस्तूरबा नगर में रहता है पिता भी इंजीनियर है सृष्टि देशमुख ने भी केमिकल इंजीनियरिंग की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी 2018 में सृष्टि देशमुख ने यूपीएससी की परीक्षा पास की थी उनका जन्म उन्नीस में हुआ है यूपीएससी की परीक्षा पास करने के बाद सृष्टि देशमुख ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में ट्रेनिंग के लिए मसूरी चली गई थी मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान इनकी मुलाकात नागार्जुन बी गौड़ा से हुई थी बताया जाता है कि यहीं पर दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी दरअसल आईएस नागार्जुन बी गौड़ा मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले हैं उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है इसके बाद यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने हैं उन्होंने 2016 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी 2018 में यूपीएससी की परीक्षा में चार रैंक लाकर आईएएस बने हैं सृष्टि और नागार्जुन एक ही बैच के आईएएस अधिकारी हैं आईएएस सृष्टि देशमुख और नागार्जुन बी गौड़ा की सगाई अगस्त 2021 में हुई थी इसके बाद उनके पति का भी कैडर ट्रांसफर हो गया था दोनों ने 24 अप्रैल 2022 को शादी की थी शादी के बाद दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं दोनों की पोस्टिंग एमपी में है। सोशल मीडिया पर दोनों अपनी तस्वीर शेयर करते थे इसके साथ ही युवाओं को मोटिवेट करते रहते हैं वहीं यह आईएस कपल सोशल मीडिया पर भी हिट है साथ ही दोनों घूमने फिरने के भी शौकीन है दोनों इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं कई युवा इनसे इंस्पायर होते हैं साथ ही दोनों की बॉन्डिंग भी जबरदस्त है कई बार दोनों रोमांटिक तस्वीरें भी शेयर करते हैं